तो आज में फिर से आज सकता हूँ आप लोग भी लेकिन काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा दोस्तों एंड सो दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से आगे आप लोगों से जो तो भी देख रहे हो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल में पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो भी लाइक बटन आएगा उसको ऑल पर प्रेस कर दीजिए दोस्तों ताकि सबसे पहला मेरा लेटेस्ट वीडियो आप लोग को देखने को मिल जाएगा दोस्तों तो दोस्तों आज का वीडियो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है हमारा हाँ। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कुछ इवेंट ये, इवेंट ये जो देख रहे हैं आप लोगों को गेंद एफएफ सो इसको कैसे हमें इवेंट कैसे खेलना है ये आप लोगों को मालूम नहीं है तो आप लोगों यहाँ पे मैं बताऊंगा कैसे खेलना है दोस्तों एंड सो सबसे पहला हम यहाँ पर चलते हैं एंड उसके बाद यहाँ पर मेरा ये ये टोकन मेरा पास वाउजर सिक्स पड़ा है दोस्तों एंड न्यू न्यू स्ट्रिक यहाँ पर मेरा पास सिक्स है तो यहाँ पर ऐसे करते एंड ऐसे करके ऐसे खेलना है दोस्तों सो एंड फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं ऐसे करके यहाँ पर जाके बार बार ऐसे करना है दोस्तों तो ऐसे करके हम लोग खेल पाएंगे एंड यहाँ से हमें क्या कुछ क्या मिलने वाला है ये आप लोगों को बताऊँगा दोस्तों हमें दोस्तों यहाँ पर ये ग्रीन कार्ड से हमें जब हमारा ये ग्रीन टेन ग्रीन कार्ड हो पाएगा तब तो ये मेरे हमें हाँ मिल जाएगा दोस्तों सो तो यहाँ से हमको हाँ क्या मिलने वाला है दोस्तों तो यहाँ से एक लगता है मेरे को ये बैनर जैसा लग रहा है एंड एक बैनर एंड यहाँ पर रेट ऑफ आयर का व वा एम फॉरिवान स्किन मिल रहेगा एज एंड सो तो यहाँ से फिर हमारा गोल्डन कार्ड से यहाँ पर हमें क्या मिलेगा सो तो एक डायमंडल बॉटर एंड थ्री डबल डैमेज वाला फार्म थ्री कार्ड मिल जाएगा एंड यहां पर हमारा ब्लैक कार्ड से क्या मिल जाएगा तो आप लोग देख लीजिए यहां से एक हमें एम पी मिल जाएगा एंड उसी में हमें एक बैनर व एंड बाउटर दोनों में एक मिलेगा एंड यहां से हमें पर्पल कलर से गाइस मिलेगा एक डायमंडल बॉक्सर एंड यहां पर एम फोर्टीन का स्किन मिल जाएगा थ्री एंड यहां पे एक पता नहीं ये ये ये ये क्या क्या हुआ क्या है यार ये। एक नहीं पता नहीं वाटर रोल लगता है शायद मेरे को एंड यहां से एक एम थ्री एम टेन का कंक्रीट स्किन मिल जाएगा दोस्तों एंड यहाँ से हमें मिलने वाला है ओह oh, सॉरी इसमें मिलेगा इसको भी देख चुका है हमने सो so, यहाँ पर पिंक कलर का कार्ड से यहाँ पर एक ड्रैगन आप का स्किन एंड डायमंड ऑल बहुत मिल जाएगा दोस्तों सो so. एंड यहाँ से अब ब्लू कलर से एक हमें टी शर्ट मिल जाएगा एंड दूसरा क्या मिलेगा गॉन एम सिक्सटी का स्क्रीन मिल जाएगा दोस्तों सो ऐसे करके ये इवेंट आप लोग कंप्लीट कर पाओगे दोस्तों सो एंड और क्या क्या आप लोगों को अभी तक मालूम नहीं है सो आप लोग बता सकते हो एंड यहाँ से मिलने वाला है हमें इतना सारा देख सकते हो यहाँ पर ये कार्ड वार्ड मिल जाएगा वही स्क्रीन से गाइड्स एंड तो ऐसे करके आप लोग ये इवेंट कंप्लीट कर पाओगे देख सकते हो हम एक बार इसका देख लेते हैं एनिमेशन क्या है ओ माई गड गाइड ओ माई गड क्या मस्त जबरदस्त Oh my God, guys. Oh, guys, यार, ये क्या है oh, भाई, oh, भाई, ये क्या है, यार एंड इसका डांस oh, देख सकते हो गाइज यार क्या मस्त वाला डांस है यार देख रहे रहे हो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया लग रहे है यार एंड आप लोग को मेरा लेटेस्ट वीडियो देखने को मिल जाएगा दोस्तों एंड आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों जो भी मेरा वीडियो नेपाल से देख रहे हो एंड बांग्लादेश से जो भी देख रहे हो सो गए यार मेरा गिल्ड में अभी फिलहाल फ्रेंड नए मेंबर उतना अच्छा नहीं है मेंबर क्योंकि मेरा पास सब इंडियन इंडियन फ्रेंड ही था सब मेरा मेंबर जितने भी था गिल्ड में सब इंडियन का इंडिया का ही था दोस्तों सो एंड अगर आप वो गाना चाहते हो तो दोस्तों आ सकते हो सो यहाँ पर देख सकते हो अभी मेरा लिटल टूवेल है एंड कितने सारे यहाँ पर ऑनलाइन नए बेटा हुआ है तो देख सकते हो इसको मैं किक आउट कर देता हूँ एंड ये भी थर्टी थेट से ही है तो मैं इसको भी फिर की, कीक आउट मार दूँगा वो ये तो यार So, इसको इसको मैं मेंबर पे रख दूंगा गाइड्स एंड इसको मैं किऊट कर दूंगा तब तक सो so, एंड देख सकते हो यहाँ पर कितना सारे आए तो है मगर यार ऑनलाइन ही नहीं बैठता है यार ऐसा कौन करता है यार सो so, तो दोस्तों आप लोग आ सकते हो अभी मेरा गिल्ड पे उतना मेंबर नहीं है तो सो so, गाइज आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट यूडे पर गाइज